हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू तो दर वीडियो सो so, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो पर मैं तो मेरे इंट्रोडक्शन चैनल का इंट्रोडक्शन की मेरे चैनल पर कैसे हैं आने वाले तो चलिए वीडियो वीडियोग्राफर हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर देना फैमिली का मेम्बर बन जाओ चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि मेरे चैनल के बारे में चैनल किस कंटेंट के ऊपर है मेरे चैनल पर कैसे वीडियोज आएंगे एंड कैसे कॉन्टेंट्स आएंगे तो चलिए अभी बात करते हैं तो देखो देखोगा मेरा जो चैनल है ना वो बेसिकली एक कंटेंट पर है जो कि है गेमिंग मेरे चैनल मेनली गेमिंग पर है उसके बाद वहां पर मैं गेमिंग के रिलेटेड एक वीडियोस लाऊंगा सपोज बहुत सारे होते हैं कि हम लोग इस चैनल पर कैसे थमने लगा सकते हैं गेमिंग थमने उसके बाद यहाँ पर हम लोग कैसे गेमिंग logos लगा सकते हैं वाटर मार्क लगा सकते हैं कैसे वीडियोज़ एडिट कर सकते हैं बेस्ट एप्लीकेशन फ़ॉर वीडियोज एडिटिंग ऐसे वीडियोस लाएंगे, उसके बाद गेम प्ले वीडियो भी लाएँगे चैलेंजिंग वीडियो भी लाएंगे, एंड ऐसे अमेजिंग जो है मैं वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ तो अभी अब हम लोग बात करते हैं मेरे बारे में कि यार मैं कहाँ पर रह तो जैसे मैं आपको इस वीडियो पर नहीं बताने वाला हूँ मैं बस एक स्टूडेंट हूँ एंड तुम लोग मुझे ब्रोज करके बुला सकते हो मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि गाइस ये क्वेश्चंस क्यों के लिए तो इम्पोर्टेंट है एंड मेरा चैनल मेनली जो मोटिव है वो है गेमिंग एंड आपको मेरा आज के इंट्रोडक्शन वीडियो कैसा लगेगा अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा प्लीज़ चैनल को यार दिल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बब बाई you care stay home stay safe